हेलो गाइस गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग लोग गाइस हम आए हैं दिनेश भैया के घर सूर्यपुरा सूर्य पुरा दुकान है देख पाते होंगे इधर देख पाते हैं गाइस देख पाते होंगे इधर हमारे दिनेश भैया मशीन उशीन इधर धागा होगा सब बेचते हैं इधर मशीन बनाने वाला है पहले चप्पल जूता भी बेचते थे अभी नहीं बेच रहे इधर देख पाते होंगे सब कुछ इधर सब बेल्ट बेल्टेल्ट सब बेचते हैं ये है हाँ हमारे दिनेश भैया हाय बोलो हाँ गाइस आए हाँ। हाँ हमारे दिनेश भैया का दुकान देख पाते होंगे सब पूरा मटेरियल सब जितना सब बेचते हैं मशीन वशीन सब बेचते हैं पूरा जैसा कैसा रोड है एकदम पूरा टूटा हुआ फुल बंदा है चलते हैं किस गांव गांव देखते तो गाइस देख पाते हैं हम लोग गांव के शायद से चल दा। रहे हैं गाड़ी टूटी कितने परेशानी से मैं ढल रहा हूँ गाड़ी के बच्ची सामान ला रहा हूँ इतनी परेशानियों को इतने परेशानियों दुकान दौरान हुआ है कभी कभी तो देख पाते हैं कितना पैसा को ढलना पड़ रहा है तिकना अरे जाने को ये होगी क्या होगा यार अल्लाह तो जब लग चलना पड़ता है अल्लाह अल्लाह शुक्र है घर तो के बनाए कमेंट में जरूर बताइएगा जैसे रोड पे इसको चलना चाहिए हम ही रोड पर चलना चाहिए चले आए भाई आप देखते हैं रोड मैं नहीं क्या मजा आ रहा है भाई पूरा बात ग्यारेक चल रहा है हेलो गाइस देख पाते होंगे मैं गया था सूर्यपुरा अभी जा रहा हूँ चार नंबर चार नंबर जा रहा हूँ गाइस देखिएगा कैसे अब देखिए रोड मिल गया अरे अरे यो यो यो यो यो यो यो यो यो यो ये ये आ गया चलते हैं तो हम लोग आते इस रोड से गाए थे पात्र इस रोड से हम लोग आते जब से अगर आते थे इस रोड से आते यहाँ तक मिला हुआ है है नहीं मालूम आया हूँ इधर आगे वाले घर पर कुछार हो गया है वो बात बात अच्छा। है दो अकेले में अभी तो समझ लीजिए अगर लोग आते एक क्या हो रहा है यार आजकल मेरे साथ में ही सब प्रॉब्लम होकर रात में आया हूँ आठ नौ बजे आया हूँ जो पूरा गया था सबसे बहुत सा दुकान पर गया था पहले दुकान पर निकला हूँ गया हूँ आप रही गए एक घंटा उसके बाद एक घंटे के बाद में रात में घंटरात हो गया था फिर वहाँ पे आया थोड़ा जल्दी आया था थोड़ा दिल था उस टाइम में आया था भाई आने के बाद मैं पास गड़ी आके रुके एक घंटा एक घंटा रुकने के बाद मैं वहां से फिर निकला लगभग साम आठ साढ़े आठ बजे निकला हूं वहां से तीस पच्चीस मिनट लगा सूर्य पूरा पुदे में वहाँ पर जाकर फिर रात बढ़ा तो एक मशीन का जैक मशीन जैक मशीन वही लेने गया था वही लेकर वही लेकर आ रहा हूं गाय आपको वीडियो में दिखा देंगे अभी ले जाकर तो दुकान पर गाय जब दे रहे तो बिजनेस हो जो है आओ जी हमारे रहे थे बोले थे बेच ले जाओ बेच के पैसा दे देना एक हफ्ते के अंदर तो हफ्ते के अंदर हो है अल, अल्लाह की क्रम रही अल्लाह की रहमो क्रम रही तो गाय मैं मशीन बेच के पैसा उनका पठा दूंगा अल्लाह पास दुबा है मशीन गाय गाय वीडियो आप लोग तो नहीं देखते दे हैं गायब हमारा वीडियो रूपुर देखे दा, दा साथी यहरू। साथी यहरू मेरे भिडियो हे गा गाई हर हई साथी साथी मेरे भिडियो हेन हाई मेरे भिडियो कस्त लजु मै कमेंट में भन्न हाई कौन था मेरे भिडियो राो नाम मा मैं एव आयो आयो आयो आयो मछा एव माता मार्केट गाय मेरी में वीडियो बना को चौक कोरिया चौक म एकचोटी यहाँ मिट्टी लेना शुटी करना जहाँ गाड़ी बढ़ती जहाँ वहाँ है गाड़ी टीम को पचास पचास हेलूँ जहाँ फिर माता मास्टर बनाए मना गाय तो कोई होगा कस